मैं हूँ सरता आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल कुकविथ सरता झा में आज देखिए मैं जो नाश्ता बना रही हूँ बहुत कम सामानों से बनके तैयार हो जाएंगे एक चटपटा नाश्ता सूजी वर्ष तो उसके लिए मैंने जो एक पैन चढ़ाई हूँ गैस पे इसमें मैं एक चम्मच तेल डालूँगी ज़्यादा नहीं डालनी बहुत बिल्कुल कम समानों से बन तैयार होती है ईजी है और अच्छी भी लगती है खाने में जब कभी भूख लग जाए अचानक तो सोचते हैं हम लोग क्या बनाएँ क्या बनाएँ तो बस एक कभी कभी बना लेती हूँ अच्छी भी लगती है खाने में तेल डाल दिए एक चम्मच अब डालूंगी इसमें हींग थोड़ी सी हींग से इसमें टेस्ट अच्छी आती है ज़्यादा नहीं थोड़ी देखिए एक पिंच डालना है अब डालूंगी हरी मिर्च दो हरी मिर्च को काट के हमने इसमें डाल दूँगी तीखा अपने हिसाब से भी लें तीखी वाली है मतलब ठीक ठाक है ज़्यादा तेल में डाल नहीं रहेंगे तो देखिए हम कैसे कैसे कर रहे हैं इसको और अच्छी लगती है ये नाश्ता बन के खाने में करी पत्ता है थोड़ा सा आठ दस पत्ते को हमने करी पत्ता को काट कर फिर डाल हैं। इससे अच्छे बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं अगर ये फ्रेश करी पत्ता ना हो तो दूसरे सूखे ही नहीं होते कितने लोग सुखाते रहते उसको भी आप लोग डाल सकते हैं हमारे पास फ्रेश वाले भी करी पत्ता तो मैंने पेड़ से तोड़ के इसको डाल रहे हैं अब ये देखिए थोड़ी सी अदरक अदरक है अदरक से भी इसमें लहसुन वहन कुछ नहीं डालूंगी बस ये देखिए हमारे भून गई है अब क्या करूंगी ये देखिए इससे डेढ़ कप पानी डालूंगी एक चीज ध्यान रखनी है मैं जो कप से मेजरमेंट कर रहे हैं ना उसी कप से हमें डालनी है देखिए डेढ़ कप पानी और मैं इसी कप से गीला हो गया इसी कप से मैंने सूजी लिए थे एक कप एक कप सूजी में डेढ़ कप पानी में डाल रही हूँ तो बस ये उबाल आ जाए फिर मैं इसमें सूजी डालूँगा इसमें थोड़ी नमक डालती हूँ थोड़ी नमक डाल देती हूँ ज्यादा नहीं और थोड़ी सी चिल्ली पाउडर डालूंगा ये देखें थोड़ी सी मैंने चिली पाउडर इसी में डाल दी थी चिली पैक्स हो वो भी डाल सकती हूँ पानी में उबाल आ गई है अब मैं इसमें क्या करूंगी जो एक कप सूजी रखी थी ना वो मैंने डाल दूंगी okay? एक बार नहीं डाली थी क्योंकि लम्स हो जाती है और गैस को मैंने ना मीडियम पे रखी है हाई पे नहीं रखनी है गैस हाई पे रखूंगी तो क्या होगी ना जल्दी से पानी जल जाएगी सूजी हमारी अच्छे से पकेगी नहीं इसको अच्छे से पकाना है हमें देखिए बहुत अच्छा लगता है ये नाश्ता एक बार आप लोग जरूर बनाइएगा इस तरह से और फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा बना और हमारा रेसिपी अगर आप लोगों को सच में अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए हैं और तो ये मिला रही रहे इसको आराम आराम से अभी नहीं हुई है इसी तरह से मिलाऊंगी अभी हम वीडियो नहीं डाल रही हूँ बता चुकी चुके आगे वीडियो में भी मेरे तबियत सही नहीं है आजकल इसलिए थोड़ी लेट लेट हो जाती हूँ वीडियो बनाने में ये देखें इसी तरह से थोड़ी मीडियम पर गैस है अभी हमारी पाँच छः मिनट लगते हैं इसको पकाने में तब जाके अच्छे है ना दाने दाने दार ये बनके तैयार होगी ये देखिए हमारी सूजी मतलब बल्ब में तैयार है ये देखिए इसको मैं गैस को बंद कर देती हूँ हाई पे कभी नहीं रखी थी मैंने गैस ये सूजी वाले बल्ब की अब मैं क्या करूँगी थोड़ी सी ठंडी होने के बाद हल्की हाथों से ठंडा में ही इसको करना अभी तो फिलहाल एक मिनट इसको ढक के रख देती हूँ क्योंकि ये ना अंदर अंदर अच्छे से और अपने भाप में ये मतलब बढ़िया से हो जाए थोड़ी सी ठंडी हो गई और बिल्कुल हमें ठंडी नहीं करनी है क्योंकि गरम-गरम में ना अच्छे से आटा जैसी ये गुथ के तैयार होगी एकदम सॉफ्ट अब क्या करूँगी देखिए हल्के हाथ में तेल लगा लेती हूँ रिफाइंड तेल चाहे कोई भी इसको मसल मसल के हमें आटा लगाना है अभी गर्म है थोड़ी सी और गर्म में ही हमें मसलनी है ठंडी हो जाएगी तो ये कड़क हो जाती है और ये फिर अच्छे से मसलूँगी ना आटा जैसी डोरिए बन के हमारी तैयार होगी ये देखिए आटा जैसी हमारी अब देख रहे हैं हो रही है धीरे धीरे अब ये थोड़ी सी और हो गई है पाँच सात मिनट लगते हैं इसको मलने में तभी जाके आटा की फॉर्म में ये आ जाती है ये देखिए आटा हमारी ये देख कितना सॉफ्ट हो गई है आटा को मसल मसल के तैयार कर लिए अब क्या करेंगे ना छोटी छोटी बॉर्स उससे पहले मैंने क्या किया देखिए कि अगर स्टीमर हो तो स्टीमर में पानी डाल के उस पर स्टीमर डाल सकते हैं हमारे पास स्टीमर नहीं है तो मैंने कढ़ाई में थोड़ी सी पानी डाली हूँ और मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ और तब तक मैं जब तक ये गर्म हो जाएगी पानी तब तक मैं ये बॉल्स बना लूँगी और ये देखिए ये होती है ना हमारे घर में उसी में मैं आज बना रही हूँ कढ़ाई पे डाल के इसमें क्या करूँगा थोड़ी सी तेल लगा देती हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी चिटकी लगे और इसी पर कढ़ाई पर मैं ये भी डाल के तब तक छोड़ देती तब तक हमारी पानी गर्म हो जाएगी मतलब खोल जाएगी तब तक हमारी ये बॉल्स भी बन तैयार हो जाएगी और देखिए हाथों में छोटी छोटी लोल अपने हिसाब से ये रखें और ये देखिए अच्छे बॉल बन के अगर ये मतलब परफेक्ट नहीं आटा बनती तो इसमें क्रैक आ जाती है लेकिन ये बहुत मैंने मसल मसल के आटे को तैयार कर लिए हैं इसी ऐसे ही सारे बॉल्स बनाती हूँ ये देखिए दूसरा भी बना के दिखाती हूँ एकदम बढ़िया आटा हमारी बनके तैयार हुई है देखिए अब ये देखिए बॉल्स मैंने पूरा बना के तैयार कर लिए हैं एक कप सूजी से देखिए तेईस बॉल्स हमारी बन तैयार हो गई है जब तक बॉल्स बना रही थी तब तक हमारी पानी भी ये देखिए पूरा उबल गई थी मैंने गैस को भी बंद कम कर दिया है अब क्या करूँगा ना मीडियम पे गैस रखूँगी हाई पे नहीं रखनी है और सारे बॉल्स को इसमें मैं डाल देती हूँ और 10 मिनट इसको ढक के छोड़ दूंगी ये 10 मिनट तो लगती है बनाने में और उसके बाद फिर देखूँगी मतलब थोड़ी सी अगर और पकेगी तो दो चार मिनट और पकाऊँगी वो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को बीच में बॉल्स मैंने डाल दिया अब क्या करूँगी ना इसको ढक दूंगी बॉल्स को थाली से दस मिनट के लिए फिर दस मिनट बाद में दिखाती अब ये देखिए मैंने इसको देख रही हूँ दस मिनट के लिए रखी थी अब इसका क्या पोजीशन है ये देखिए सारे ट्रांसपेरेंट ये दिखने लगी है मतलब तो ये हो गई है लगभग ये देखिए कितना अभी से स्पंजी ये लग रही है देख रहे हैं भी हो गई है बस दो मिनट बाद इसको मैंने गैस को बंद कर दूंगी थोड़ी तो अब मैं निकाल लेती हूँ लगभग मैं एक मिनट ये इसको मैंने पकाई हूँ बॉल्स को तो क्या करूँ एक बर्तन में निकाल लेती हूँ देखिए एकदम बढ़िया हो गया ये देखिए कितना अच्छा से एकदम देख रहे हैं अब ये देखिए मैंने तेल पैन गरम करके रखी थी और मैं तेल डाल दिया देखिए दो चम्मच बड़े चम्मच से तेल और इसमें मैं थोड़ी सी सरसों डालूंगी, राई सरसों कुछ भी डालिए अच्छी लगती है देखिए मैंने पीला सरसों डाल रही हूँ ये चटक जाए फिर मैं जीरा डालूंगी इसमें अब ये देखिए चटक जाए अभी देखिए यह थोड़ी सी जीरा डाल रहे हैं इसी के साथ जीरा चटक जाए फिर हिंग डालूंगी एक बार आप लोग इसको एक मतलब नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिए कम तेल में भी बनते और बहुत हेल्दी है ये नाश्ता और बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगती है बस कोई मेहमान भी आ जाए तो आराम से मतलब हल्का फुल्का ये स्नैक्स तैयार कर सकते हैं ये देखिए चटकने लगी है हमारी थोड़ी सी हिंग डालूँगी एक पंच हिंग और इसमें करी पत्ता काट के फ्रेश वाला करी पत्ता थी मैंने काट के डाला। अब इसी में अगर आप लोग तिल पसंद करते हैं व्हाइट वाला धुली हुई जो तिल आती है वो तिल भी एक चम्मच से डेढ़ चम्मच डाल सकते हैं और ये देखिए नारियल का मतलब फ्रेश नारियल है हमारी अगर फ्रेश नारियल ना हो तो बुरा जो आती नहीं मार्केट में नारियल की चूड़ा वो आप लोग एक चम्मच भी डाल सकते हैं इससे भी टेस्ट बहुत अच्छी आती है उससे भी टेस्ट ऐसे ही से माएंगे अब इसमें डालूंगी या तो सांभर मसाला हो या तो गरम मसाला हो या पाव भाजी मसाला हो कुछ भी एक चम्मच इसमें डालेंगे दो लाख लाल मिर्च सूखी वाली मैं डाल रही हूँ इसी में और ये देखिए गरम मसाला डाल रही हूँ एक चम्मच बता ही दिए हैं हम कि मतलब पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं सांभर मसाला डाल सकते हैं मतलब अपने पसंद की मैगी मसाला भी डाल सकते हैं उससे टेस्ट थोड़ी मतलब चटपटास अच्छी आती है और ये भी अच्छी लगेगी देखें अब थोड़ी सी इसमें पानी डालूंगी कटोरी से हल्की सी पानी डाल दूंगी ताकि हमारी मसाला में सारे तो बल्कि अच्छे से पक जाए इसी तरह से दिखाती हूँ आगे हमें क्या करनी है अब ये देखें थोड़ी सी चटपटा करने के लिए मैं चाट मसाला थोड़ी सी डाल रही हूँ आप लोग भी चाहें तो डाल सकते हैं चाट मसाला थोड़ी सी और अच्छी टेस्ट डालते तो चटपटा चटपटा सा और अगर आप लोग मीठा पसंद करते हो तो इसमें ना टमाटोर केचप भी डाल सकते हैं तो मैंने एक से डेढ़ चम्मच इसमें डालूंगी अभी टमाटर केचप चप अगर पसंद है तब डाल अगर नहीं तो ऐसे ही रखें इसको ये देखिए ज़्यादा नहीं डाले मैं एक डेढ़ चम्मच मुश्किल से बड़े चम्मच से एक चम्मच से डाल दें क्या करूँगा ना अब थोड़ी सी और पानी डालूंगी हल्की सी ज़्यादा नहीं पानी डाल है हल्की डालेंगे और ना इसमें थोड़ी सी मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि तो बॉल्स में थोड़ी कम लगेगी शायद तो थोड़ी सी डाल देती हूँ ज़्यादा नहीं डाली तो नमक तेज़ हो जाएगा अब ये देखिए हमारी मसाला ना बिल्कुल बनके तैयार हो गई है अब मैं जो बॉल्स बना रखी थी वो मैं डाल दूँगी बस इसको दो ही मिनट में पकाना है ज़्यादा इसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ये देखिए अच्छे से आपस में पूरा भूल मिल जाए ये बंद कर दूंगी गैस को दो मिनट पका लेंगे बस ये दो मिनट हो गई है अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ बस अब ये खाने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार हो गई है सूजी बॉल्स एक बार आप लोग जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो ये देखिए बन तैयार हो गई है हमारी सूजी बॉल्स ये देखिए कितना ये स्पॉन्जी बन तैयार हुई है इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं नहीं तो आप इमली चटनी के साथ और हरी चटनी के साथ टमाटर चटनी के साथ किसी के साथ आप तो भी अच्छा लगेगा और ये एकदम बनके तैयार हो गई है खाने लायक हमारी सूजी बॉल्स आप लोग बताइएगा